मैं दुनिया का सबसे बड़ा हीरो मैं दुनिया का सबसे बड़ा हीरो मेरे पास कई एजेंट की पावर्स हैं। मैं जिंदा हथियार में बदल सकता हूँ तुम तो मेरे जिंदा पंच बैग बन जाओ हे, hey, तुम वो होना जो मेरे अर्थ पे आए हो मैं, मैं तुम्हें हरा दूंगा नहीं तुम नहीं, तुम नहीं।, नहीं। हाँ, मैं, मैं कर, कर सकता हूँ करो तुम बस करो दो सुपर हीरो महान लड़ाई जनरेटर रैक्स यूनाइटेड हीरो घंटे का महा एपिसोड ओनली ऑन वी आर इन मेरे जैकेट में ऐसी केले की स्मेल क्यूँ आ रही